पहले बोलती थी तेरा कोई फ्यूचर नहीं मैं तो जा रही उधर क्या बात है हूँ तेरा कोई फ्यूचर नहीं मैं तो जा रही हूँ उधर कमाता है तुझसे भी ज्यादा नहीं रहेगी अब मुझे कोई फिक्र अभी आते हैं दोबारा मैसेज उनके बार बार लगातार तो हमने भी आज बोल ही दिया पहली फुर्सत में निकल क्या बात है सर।